तो जय हिंद साथियों मैं ऐसा करता हूं आप सब बढ़िया हो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो हम लोगों के जैसे पता है कि दीपावली ख़त्म हो चुकी है दीपावली हम लोगों के जो कोर्स थी उसके बहुत सारे ऑफर थे जिसमें फिफ्टी परसेंट कहीं ऑफ थी तो कहीं सेवेंटी परसेंट ऑफ़ थी इस तमाम चीज़ आपने वो सारे सफ़र को पार कर चुके हैं अभी भी अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो देखिए व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा ठीक है इसमें से किसी भी व्हाट्सएप पर आप करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं ठीक है हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल क्या पढ़ रहे थे साथियों आर्टिकल समझना है बारीकी से छोटी सी थी पढ़ रहे आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे साथियों थे क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने साथियों पढ़ रहा था हम लोगों ने दो रूल कर चुके थे तो दो रूल को हम लोगों ने टॉप यानी कि इस पर चर्चा कर ली थी दो रूल के बारे में ठीक है हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें हम लोगों ने दो रूल के बारे में चर्चा कर लिया समझना तो बहुत प्यार से बारीकी से हमने पहले जो रूल था उसमें सिखाया था पहली बात की आप, आपके मार्केट में जो भी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर मिलता होगा बुक वो ले लेना है आपको मार्केट से जा के ज़्यादा इसका कॉस्ट नहीं है मुश्किल से पढ़ता होगा यही पचास साठ रुपए में अदरवाइज आप मेरे प्रीमियम कोर्स के जो बच्चे हमारे कोर्स में ज्वाइन किए होंगे उनकी इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है ठीक है कोई इसके लिए चार्जेस नहीं पे करना पड़ता जो 199 का कोर्स था जो अभी भी वैलिड है सोलह नवंबर तक उसका डेट ठीक है सोलह नवंबर तक जा करके उसमें अभी आप इन कर सकते हो ठीक है अभी उसकी तो अभी जो अवधि बोलते हैं ना टाइम ड्यूरेशन अभी सोलह नवंबर तक है आप जा ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर चार्जेस नहीं लगेंगे पी की ठीक है ज मार्केट से बुक खरीद प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रूल पढ़ा था कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स इन वन टाइम इन ए सेंटेंस एक बार जब सेंटेंस में आता है तब उसके साथ हम लोग साथ में क्या लगाते थे ए एन लगाते लेकिन लेकिन वही चीज़ें दोबारा या तिबारा सेंटेंस में फिर हम लोग क्या यूज करते थे साथियों जब वही चीज़ें हमें क्या हो दो तीन बार आए हम उसको क्या यूज करते थे सेंटेंस में आर्टिकल द लगाते थे, थे। तो ये जो रूल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उसके रूल के कुछ कंसेप्ट समझो जैसे लिख दिया मैंने एग्जांपल देखो क्योंकि रूल मैंने पढ़ा चुका हूँ फिर से रिविजन करवा दे रहा ठीक है इसका तीन चार जो होगा वो आपके नहीं होंगे तो जो चीज़ बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज थे कहते सर पी नहीं मिलता है सर लिखा हुआ फॉर्म में हमको दे दीजिए लाइट भी लगवा दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो मैं इंग्लिश में लिखवाता हूँ ना उन्हें वो ग्रैप नहीं कर पाते कैच नहीं कर पाते तो उनके लिए स्क्रीन पे हिंदी में भी लिखा हुआ है वो अच्छे उतार सकते हैं ठीक है प्यार से लिखा हुआ है अगर कोई सिंगर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आए वाक्य में पहली बार आता है तो ए या एन लगाता है अकॉर्डिंग टू प्रोनाशियसन उसके प्रोनंशिएशन के अकॉर्डिंग पर ठीक है लेकिन जब वही वाक्य जब वही वर्ड जब वही नाउन क्या हो दोबारा तो उसकी चर्चा हो सन क्या हो दोबारा तो या तिबारा चर्चा हो वो कंडीशन में हमारे लिए क्या होता हो जाता है और उसके साथ हम लोग आर्टिकल इसी को दिक्कत नहीं होगी जब देखोगे देखो, देखो पे एक, एक देख लो लिखा कि दिस इज़ इज़ ए ए पहली बार आया था क्या हमारे लिए सीखा था क्या हमारे पास अननोन हो क्या हो काउंटेबल uh, हो ठीक है और क्या हो इनडेफिनिट हो यानी कि अनिश्चित हो कोई हमारे निश्चित नहीं है कि कैसा नाउन है कौन सा कलम है हमने नहीं है बट हमने कहा कि आई दिस इज ए पेन ये कलम है बट एक फिक्स नहीं है कि ये पेन कैसा है क्या इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें डिटेल नॉलेज नहीं है तो पेन क्या हमारे लिए है तब उस कंडीशन में हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं लेकिन इसी सेंटेंस में हम ऐसे लिख दे फिर कि खालिस्थान पेन इज रेड। अब मुझे बताओ साथियों यहाँ पे ए लगेगा या द लगेगा एन तो लगेगा नहीं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट है तो कंसोनेंट के साथ आर्टिकल एन का यूज नहीं करते अब मुझे बताओ ए लगेगा या एन लगेगा जल्दी से बता दो कमेंट करके मेरे प्यारे साथियों फटाफट बताओ इसी से आपके सारे जो रूल है ना रूल जो लगे ना ये रूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बताओ उसके साथ ए लगाओगे या द लगाओ? तो प्यारा साथियों कह रहा है कि जब दोबारा चर्चा हो तो उसी के बारे में तब हम आर्टिकल का यूज करें बताओ यहाँ पे क्या लगेगा यहाँ पे दिन इज रेड रेड हाँ कर सकते हो ना इस पेन द पेन इज रेड यह कलम है कलम लाल है आ? समझ ना आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल देख लो हाँ देख लो हाँ एक और एग्जाम्पल देख लो एग्जाम्पल से साथ ही आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ठीक है एग्जाम्पल करते चलो फिर सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं एक और एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं आई हैव हाँ अ बुक लिख सकते हैं आई हाव ठीक यहाँ पे बुक क्या था पहली बार चर्चा हुआ ठीक है इसमें में और सेंटेज लिख सकते हैं इसी में लिख सकते हैं बुक इज कॉस्टली द बुक इज इम्पोर्टेंट द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते कॉस्टली लिखो ना सही होव ए मेरे पास एक किताब है महंगी है आई है, book. The book is costly. Hmm? है। बुक द बुक इज कॉस्टली महंगी है अब देखो book पहली बार चर्चा हुआ था sentence में Article A लिया था लेकिन इस book का चर्चा फिर इसी sentence में कर दिए दोबारा कर दिए दो book लगा दी ठीक है समझ रहे हो ना समझ रहे हो ना तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो आर्टिकल ए आर्टिकल का यूज़ कर सकते समझ गए ना तब तो इसमें किसी को दिक्कत ही ना होगा एस सी ओल में जिसमें दो बार चर्चा हो अब आ जाओ हमारे आज इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए आपको लगे हुए कह कि ए मैन केम अपू ए पुलिस एंड आस्की आता है पुलिस के पास क्या करता है क्वेश्चन पूछता है The policeman did not uh, didn't understand the question, so he asked the man to repeat it again. अब देखो इस question के समझो। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे फिर समझना। मैं इसी चीजों को लिखता हूँ और समझाने की प्रयास वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है क्योंकि आपकी देखकर के समझो। ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है। A man came up. A man came up came up to a policeman. To a policeman. मालूम है ना? ठीक है उस, थीके? थीके? यहां पर इसके बाद फिर क्या है कम तो टू पुलिस मैन एंड एंड देंगे एंड आस्क आम क्वेश्चन उस ठीक है ठीक है फिर इसके बाद देखो यहाँ पे मजा आएगा पुलिस policeman didn't didn't understand understand the question isse sara aapko you know, doubt clear ho jayega the question two so, he he ah uh, so he asked so he asked the man मैन टू रिपीट इट to repeat देखो अगर आपके पास पाँच छ मिनट भी समय नहीं है ना आप इस वीडियो को देखो नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपके लिए नहीं बना हुआ है बट वो बच्चे और सीखना चाहते जो वाकई पढ़ना चाहते वो प्यार से समझ देखो ऊपर में सेंटेंस दिया कह रहा है कि ए मैन केम अपू ए पुलिस मैन आपके जो मैन है मैन की चर्चा इस वाक्य में ऐसे ही तो रहता सेंटेंस में ऐसे ही तो सेंटेंस में ये रहते कुछ नहीं रहता बस ऐसे ही रहते हैं इस सेंटेंस में मैन की चर्चा पहली बार हुआ है तो इस क्या लिया था समझ तो रहे यहाँ तो पर हम लोग रूल यही ना पढ़े रहे हैं साथियों तो कोई सिंगर काउंटेबल ना बताओ सिंगर है ना काउंटेबल है ना मैन को गिन सकती हूँ ना तो पहली बार आया तो आर्टिकल ये लगेगा ठीक अरे केम अपू ये पुलिस मैन पुलिस भी नाउन है इसके साथ पहली बार ये पुलिस की चर्चा हुआ ये लगा दिए फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन की बात भी पहली बार हुआ है यहाँ तक सेंटेंस है ना ये एक वाक्य यहाँ तक है फिर ये क्या हुआ पहली बार ही चर्चा हुआ तो इसलिए इसके साथ बाटिकल ये लगा दिए दिक्कत हो तो बताना अब देखो फिर पुलिस मैन के चर्चा दोबारा हुआ यहां। है यहाँ से फुल स्टॉप है फुल स्टॉप के बाद फिर पुलिस मैन आ गया पुलिस एक बार यहाँ पर आ चुका था लेकिन अब दूसरी बार आ रहा पहली बार यहाँ आया था ये भी पहली बार था प्यार से समझना बहुत बारीकी से समझना बिल्कुल आसान है समझना चाहो फिर देखो यहाँ पे पुलिसमैन दोबारा दो आया, यानी कि दोबारा आया अब रूल क्या कह रहा है देखो तो अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो ए एन लगाएंगे लेकिन अगर वही नाउन वही नाउन का मतलब जो पहले बार आया था पहली बार पुलिसमैन था फिर वही पुलिसमैन आया इसके साथ क्या करेंगे हम लोग आर्टिकल दो का यूज कर क्या कर दोगे आर्टिकल दगा दोगे बताओ इसके साथ आर्टिकल अब दगाए हैं तो क्या गलत है नहीं आर्टिकल दस सही है अब आ जाओ फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ भी आया था फिर यहाँ पे दूसरी बार आ गया क्वेश्चन दूसरी बार आया ना तो फिर इसके साथ हमने क्या कर सकते हैं आर्टिकल दो लगा सकते हैं, सकता फिर देखो मैन मैन मैन मैन यहाँ पे था मैन एक बार आया था यहाँ पे फिर देखो मैन यहाँ दोबारा आया है ना दूसरी बार मैन आया है ना इसलिए इसके साथ आर्टिकल द का यूज बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ है तो मुझे बता दो साथ यहाँ तक किसी दिक्कत हुआ है तो बताओ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे इधर है रहते हैं आपके एग्जाम में कुछ नहीं रहता साथियों बस ध्यान ही रहता है देखो क्या करेंगे आपको एग्जामर बताता हो आपको एग्जामिनर कुछ नहीं करते वो थोड़ा सा आपका दिमाग का टेस्ट लेते हैं जैसे देखो कैसा देंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे किस लेवल का आते हैं जो तो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना सर तो आ, ये भी इधर ना उसमें आते रहते हैं ठीक है उसमें करते क्या देखो कुछ नहीं रहता बस आपके इधर टाइप में क्वेश्चन रहता है ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता लेकिन बजारती आपको जो भी कुछ बताया जाता है उस पर ध्यान रखे हुए तो बहुत अच्छे तरीके से देखो जैसे देता है जैसे यहाँ पे खाली स्थान दे देगा जैसे दे दिएगा यहाँ पे जैसे दे, दे देगा दुक द बुक बुक ऐसे कर दो देखो आई है बुक ठीक है बुक प्लैश चलो यहाँ पे छोड़ो ठीक है यह बुक बुक दिखाई दे रहा है के यहाँ पे आओ ये बुक ठीक है book. ठीक है हम्म ठीक है फिर यहाँ पे स्लाइस दे देगा आ, फिर दे, दे देगा क्या यहाँ पे बुक बुक द बुक बुक इज द बुक इज वेरी इम कर लास्ट में कटो नो हाँ पाट आ जाओ देखो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। कुछ नहीं रहता जैसे देखिए पहला पहले एक दे दिया आई हैव ए बुक ठीक है ए बुक इज कॉस्टली बट द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट नो एरर अब बताओ यहाँ पे एरर किस में है किस पार्ट में गलतियाँ हम लोग की है बताओ यहाँ पे कहाँ पे हम लोग की गलती है एरर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कुछ नहीं रहता है और यहाँ पे कुछ गलती है एयर किस पार्ट में बताओ? देखो मैं पढ़ने के स्टार्ट करता हूँ देखो पहला सेंटेंस स्टार्ट किया आई हैव ए बुक यहाँ तक तो गलती नहीं है क्योंकि सेंटेंस में पहली बार चर्चा था हम लोग आर्टिकल एर लगा लिया कोई दिक्कत नहीं अब देखो उसी सेंटेंस में बात चर्चा हुआ जैसे ही बुक देखा तो दिमाग में टिकल क्लिक करना चाहिए सर जी आपने तो एक रूल लिखवाया था शशीत जी आपने एक रूल लिखवाया था क्या कि नाउन दोबारा चर्चा हो वही नाउन फिर से दोबारा आ जाए सेंटेंस में हम वहाँ पे आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते आर्टिकल दूज करते बताओ एडर यहाँ पे था ना यानी कि बी वाला पार्ट में एर था ना यहाँ पे क्या कर सकते हो की जगह पे क्या लगा सकते हैं Will be right। जो रूल टू है उसकी तरफ आप लोग बढ़ने की प्रयास बस आप थोड़ा बहुत भी अगर गौर करोगे ना बढ़िया तरीके से पढ़ोगे जो तो भी ट्वेल्थ एग्जाम के ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम होता ना उस लेवल तक करवा सकता कर, मतलब करवा दूंगा आपको जो भी बोर्ड एग्जाम हो बता देना उसकी सारी मैं चीज़ जो बीबीए जो क्वेश्चन होता है ग्रामर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो तो सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे ठीक है ये बहुत सारे कंसेप्ट ट्रिक भी होते हैं आज ये चीजें हम लोग कर लिए ना अब देखो दूसरा रूल कह रहा है नाउन के पहले जिससे पूरी जाति यानी जाति समझते हो ना मैं एक लड़का हूँ मेरा क्या है लड़का जाति है बाघ बाघ है क्या अपने अपने कॉम्युनिचीसी दिखा रहा है जैसे शिक्षक शिक्षक या एक अपनी एस्पेसिस जाति को रिप्रेजेंट तो उसके साथ आर्टिकल दो का हम लोग यूज करते लेकिन रूल ये भी कहता है हम लोग ए या एन का प्रयोग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता अब देखो बहुत सारे टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं मेरे से एक प्यारे साथियों तो मान तो हैं जो बढ़ाते हैं वो क्वेश्चन किया सर इसमें कन्फ्यूज़ रहता बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सर ए एन लगा या द लगा रूल बहुत कन्फ्यूजन है ये वाला तो पे समझोगे बहुत आसान तो समझना जो तो हम आर्टिकल दा लगा तो आर्टिकल लगाते हैं वो पुराना रूल है कि ओल्ड रूल है समझ रहे हो ना तो वो क्या है साथियों आपका ओल्ड रूल है समझ रहे हो ना तो ये हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं वो क्या होता है ओल्ड रूल होता है ठीक है जैसे देखो मैंने एक लिख लिखा जैसे एग्जांपल में क्या ले सकते हो साथियों जैसे ले लो द टाइगर द टाइगर इज इज टेंजरस दैं, क्या लिख सकते हो एनिमल अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे जो आर्टिकल द लगाया है ये भी सही है और चाहू तो मैं ए टाइगर ए, टाइगर, ए, एज, ए, एंजरस, एंजरस, ए भी लिखू तब भी सही है मैं चाहूं तो आर्टिकल द भी लगाओ ए भी लगाओ तब दोनों कंडीशन में सही है बट समझने की प्रयास ये जो आर्टिकल द होता लगता है ये ओल्ड रूल है यानी देखिए पुराना रूल है ओल्ड रूल है क्या ऐसा होती है पुराना रूल है और जो आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं न्यू है तो मुझे बताना आप किस जमाने के हो अभी आप न्यूज जमाने को या ओल्ड जमाने के प्यार से सोचना फिर कमेंट करके मुझे हाँ बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते बहुत सारे टीचर लोग भी कन्फ्यूज रहते है, हमारे जो मित्रग्रंथ थे वही पढ़ाते हैं हमारे साथ वो तो इस इन दोनों में कन्फ्यूज रहते देखो साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आर्टिकल दाह का यूज़ करते हो आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हो दोनों कंडीशन और सेंटेंस बिल्कुल सही है गलत नहीं है बट कुछ टीचर गलत काट देते हैं ठीक है तो उन्हें काटना नहीं चाहिए समझने के प्रयास करना ये चाहिए ये जो रूल है हमारा ओल्ड रूल है पुराना रूल है हुँ? ये पहले पहले से चली आ रहा है ठीक है क्या हम जब भी कोई ऐसा डाउन हो जो पूरी स्पेसिस यानी कि पूरी जाति का बोध कराता हो उसके साथ हम लोग वो करते हैं लेकिन न्यू रूल ये कहता है कि आप इसके साथ कैन भी लगा सकते हम लोग न्यू जमाना कहते हैं ये जो है ना न्यू रूल है न्यू रूल है और हमें ज्यादातर इसको ही फॉलो ठीक है। बट आप दोनों में से कोई करोगे कोई गलती नहीं होगी ठीक है आप इसके एग्जांपल देख लो जैसे एक और एग्जांपल देख ले इसका तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए फॉर एग्जाम्पल देखो इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बाद क्या हो जाएगा हम लोगों को डाउट्स जो भी है हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों क्लियर हो जाएगा जैसे देख लो क्या कर सकते हैं साथियों जैसे लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द काउ इज द का जेंटल एनिमल ठीक है द काविजेंटल एनिमल ठीक है समझ रहे हो ना काटल एम चाहो तो आप कर सकते हो ए काउ इज ए कर सकते इज जेंटल दोनों कंडीशन में सेंटेंस सही है दोनों कंडीशन में सेंटेंस क्या है सही है बट ये जो आर्टिकल आर्टिकल द का यूज करते है, ओल्ड रूल है आर्टिकल ए या एन का यूज करते है? वो न्यू रूल है समझ रहे हो आर्टिकल दा का यूज करते हो वो ओल्ड रूल है या न्यू रूल है ये चीज़ें अपने कॉपी में नोट कर लेना किताबों में नहीं रहता है कि ये कौन सा ओल्ड रूल है कौन सा न्यू है ठीक है ये जब आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आपको सीख तो मिल जाएगा लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और भी होती है जो आपको जानना होगा बुक से और थोड़ा मैं बता तो भी डिस्कस कर देता हूँ वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे देखो बुक से के चलोगे तो एक चीज़ और आपको जानना पड़ेगा जैसे एक वर्ड होता है साथियों मैन एक वर्ड होता है साथियों और होता है साथियों हाँ, हाँ, ठीक। जब ये तीन वर्ड मैन उमेन मैन क्या करे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट की बात हो पूरी क्लास की कम्युनिटी इंटायर वो क्या करे रिप्रेजेंट करे खुद की मीनिंग में यानी कि इट से आपको रिप्रेजेंट करे कि जैसे हम लोग कहते हैं क्या आदमी मननशील होता है मैन इज मोटर आदमी मननशील होता है यानी कि आदमी क्या अपनी पूरी आदमी की बात कर दे एंटायर अपनी क्लास की बात कर देर अपने स्पेसिस की बात कर दे कौन वाला व्हाट मैन वुमेन मैन ये तीनों में से कोई हो ज़्यादातर आपका इसी से आते हैं कन्फ्यूजन रहता है इसमें और इसमें कन्फ्यूजन ये तो ज़्यादातर आता ही नहीं बट ये भी फिर भी रहता है ठीक है ये दो चीज़ याद रहेंगे इसे हटा ही दीजिए तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत वाले ज़्यादातर मैन और वुमेन वाला बात आ जाती है तो जब मैन और वोमेन की बात हो और वो क्या करे क्या करे बताओ पूरी इंटायर अपने जो भी उसके क्या बोलते हैं इंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करें उनके वर्क को रिप्रेजेंट करें अपने आप में खुद की मीनिंग में तब उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं डिफिन आर्टिकल ही नहीं कोई भी आर्टिकल नहीं यूज कर सकते जैसे देख लो एग्जाम्पल देखो समझ लो कुछ होते हैं जैसे यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैन इज सोशल इनमेल Man is total. देखो एनिमल मतलब जानवर ही नहीं होता है प्राणी भी होता है तो आदमी क्या होता है एक सामाजिक प्राणी है आदमी क्या एक सामाजिक प्राणी है समझ रहे हो ना बहुत सारे बच्चे इसको मैन इज मोटल भी लिखता है लिखता है मैन इज मोटल देखो यहाँ पे मैन के साथ हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं कोई आर्टिकल यूज हुआ है बताओ मेरे को साथियों कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया क्योंकि ये जो मैन है ना पूरी अपनी जाति को रिप्रेजेंट पूरी मानव जाति की बात कर मैन सिर्फ एक मैन के लिए नहीं पूरी मानव जाति की बात कर करी नारी जाति की बात करती उस कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति समझ गए ना किसी भी परिस्थिति में इसके आर्टिकल का आर्टिकल ही नहीं कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा समझ गए चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तीसरा रूल रूल कहता कहता है है है है देखो देखो सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता ये समझना होगा थोड़ी सी बात समझते क्या हो एक तीन क्यों ठीक है। तो पॉजिटिव एंड में का करते हैं और सुपरलेटिव में बेस्ट का यानी कि ये टीम ज़्यादातर ठीक है इसके साथ हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं कुछ इसके वर्ड होते हैं जैसे समझने के जब कोई वर्ड नहीं बन पाता उसका हम लोग सुपरलेटिव में कन्वर्ट नहीं करते तो उसके साथ मॉस्ट का यूज़ करते हैं पता है ना आपको ये चीज़ जब डिग्री में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे लेकिन फिलहाल अभी हमको समझना है कि सुपरलेटि डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज कैसे कर सकते कैसे करते हैं एग्जाम्पल देखो फिर समझ जाओ You are my best friend. यू आर my best friend. ठीक है आप देखो एक और सेंटेंस है मुझे बताना है आपको वो चीज़ें तो अभी बुक में है सारे चीज़ जो चीज़ पढ़ना है लेकिन मुझे आपको जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना है जैसे देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने यू आर माई best friend। मुझे बताओ दोनों में सेंटेंस कौन सा सही है अभी तो आपने रूल पढ़ लिया सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दर लगा लेंगे लेकिन बताओ यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट तो है भाई गुड बेस्ट गुड बेटर बेस्ट यही तो होता है ना आई गुड बेटर बेस्ट बेटर क्या कम्पलेटिव हो गया बेस्ट क्या हो गया लेकिन रूल वही कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री पहले आर्टिकल दर लगाते हैं तो मुझे बताओ इसमें सेन्टेंस कौन सा सही है क्या ये सेंटेंस हम लोग जो बेस्ट के पहले आर्टिकल दर लगाए सेंटेंस सही है या गलत है या ये गलत है क्या ये सही है दोनों में से एक तो गलत है आप जल्दी से फटाफट कमेंट में मुझे बताओ फिर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग रूल तो जो कहते हैं रूल हम समझ ली कि हाँ के पहले लगाएंगे लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन जो बार बार आते रहते हैं इसी एक बार ये बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है ठीक है ट्रांसलेशन के फॉर्म में इससे ग्रामर फॉर्म में नहीं पूछा था ट्रांसलेशन के फॉर्म में पूछा था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बनाए बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बनाए तो मुझे बताओ सेंटेंस दोनों में से कौन सा सही है यू आर माई फ्रेंड या यू आर द वेस्ट फ्रेंड जल्दी बता दो देखो साथियों मेरी बात मानो ये सेंटेंस जो नीचे वाला है पर माई द बेस्ट होने निकलते हैं ये सेंटेंस बिल्कुल 100 परसेंट प्योरिटी के साथ बोल सकते हैं सही है कैसे सब... रूल ये कहता है कि हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाएंगे लेकिन रूल ये भी कहता है जब हमारा प्रोसेसिव प्राउन हो जब किसी वर्ड में प्रोसेसिव प्रनाउन हो तो प्रोसेसिव प्राउन के बाद लेकिन प्रोसेसिव प्राउन के साथ कहीं ये नहीं सुनोगे माई द फादर माई ए फादर या माई तो डॉग ऐसे नहीं सुने होगा या आर्टिकल ए एन कुछ भी नहीं लगाते एक लिखते हो गए माई डॉग माई फादर हुँ? हर फादर ऐसे लगाते हो ना कि हर द फादर लगाते हो तो तब कभी ऐसे लिखे हो हर द फादर ये जो प्रोसेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके सब बीच में उनके साथ आर्टिकल का यूज हम लोग कभी भी नहीं करते आजीवन काठ बन के लिख लो कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लो कहीं लिख लेना नहीं दिमाग में घुसा लेना जीवन भर मृत्यु से लेकर जीवन तक तो जब भी पढ़नासिव प्रणाउन होते हैं उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते तब कभी भी आता तो नाउन के साथ होता है हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते समझ में आ गया ना समझ में आया एक नहीं कंसे बहुत बार तो बच्चों को कन्फ्यूज करता है वो चीज़ें तो आपको पता है पहले लगाते हैं कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा लेकिन ये जो चीजें थी आपके डाउट्स को दूर कर सकते थे वो चीज़ें मैंने आपको बता दी मज में आ रहा है ना दिक्कत कन्फ्यूजन से भी आप क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स ठीक है और अगर कोई चीज़ आप चाहता है कि मुझे और भी बेहतर चाहिए इंग्लिश कुछ और चीज़ें मैं सीख पाऊँ और डिपली पढ़ूँ आपको मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप प्ले स्टोर पर जाकर प्ले स्टोर पर जाइए ईवीएल स्टडी नामक एक एप्लीकेशन वहाँ इंस्टॉल कीजिए फिर वहाँ पर जाइए आपको सबसे ऊपर में एक फ्लैश करता होगा इंग्लिश इंग्लिश फाउंडेशन बैच ठीक है वहाँ से जा के आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे बारीकी से क्योंकि यहाँ पे क्या है लाइव चैच चैट होते हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं वहाँ पे बारीकी से चीज़ों को दिया गया ठीक है क्योंकि यहाँ पे ऐड भी आते हैं तो फिर आपके माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वे चाहते हैं कि मुझे और भी कुछ सीख बहुत बारीकी तरीके से सीखना है ज़्यादा फीस नहीं है जाकर वहाँ पर देख सकते फी है फिर जा कोर्स को क्या कर सकते हैं इन कर सकते हैं हाँ एक और बात अगर आप मैथ में बिल्कुल नहीं आता है ना तो मैथ्स के भी हमारे पास क्लासेस है बहुत सारे जीरो लेवल बेसिक मैथ क्लास नाइन्थ का क्लास टेंथ का आपको मैथ्स नहीं आता है ना बिल्कुल सीख सकते जीरो लेवल से तो मैथ्स में बोलते हैं ना मैथ्स का माँ भी नहीं आता बोला वो भी सीख तो वो भी मैं बताऊँ आप जाकर क्या करना है पी स्टडी पर वहाँ भी फ्लैश करता हुआ दो तीन बहुत सारे कोर्स है आप जा कर से क्या करर्स में इनरॉल कर सकते और मैथ्स के दुनिया में बादशाह बन समझ रहे हैं ना अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ के ये तो सुपरलेटिव समझ में आया कि नहीं पहले बताओ सुपरलेटिव तो किस किस को नहीं समझ में आया कमेंट कर देना है कि ये रूल हमको समझ में नहीं आ रहा है फिर इसके कुछ और भी कंसेप्ट होता है तरीके समझाने के बट ये याद रखना सुपरलेटिव यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं गुड बेटर वेस्ट वैसे बहुत सारे होते हैं बहुत सारा ठीक है हुँ? जैसे देख लो आप एग्जाम्पल लगा हुआ द रिच शूड बी सुपरलेटिव एग्जाम्पल है तो जिसे देख लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पल पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा ओके यहाँ पे देख लो सुपरलेटिव की एग्जाम्पल देख लो जैसे मैं लिखने की कोशिश करूँ सुपरलेटिव मैं लिख सकता हूँ कि सोहन इज सोहन इज द बेस्ट बॉय बेस्ट क्या है गुड बेटर बेस्ट बेस्ट बॉय इन द्लास इन दोहन क्या है? क्लास में सबसे अच्छा लड़का है इन द ठीक है इस तरीके से क्या था आपका सुपरलेटिव था और सुपोलेटिव के पास आर्टिकल दगाया था लेकिन ये भी सीख लिया हमने कि जब प्रोसेसिव प्रनाउन हो प्रोसेसिवला केस अधिकार वाला बात हो तो उसके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं करते ये रूल समझ में आ गया तो फटाफट हम सब लाइक दबा देना है और रू, रूल फोर ये कह रहा है कि जब रूल फोर समझने की बात जब आर्टिकल द्लस एब्जेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वो प्ल नाम की तरह किया जाता है जैसे द पुअर तब पुअर का मतलब क्या होता है पुअर मैन जब हमको एड्जेक्टिव को क्या करना होता है नाउन की तरह दर्शाना समझना क्या कह रहा है रूल तो यहाँ पर समझा दूँ लिख के रूल ये कह रहा है कि जब हमें कोई एडजेक्टिव हो ठीक है एडजेक्टिव हमारे पास कोई वर्ड है और इसको चाहते हैं कि हम नाउन के रूप में इसको रिप्रेजेंट करें ऐसा नाउन की तरह दर्शकें तब इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं इस नाउन से पहले आर्टिकल दगा करके तो हम सॉरी इस एडजेक्टिव के पहले इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा करके हमको तो नाउन बना जैसे रिच रिच के आपका एडजेक्टिव है इसके पर आर्टिकल लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रिच मैन रिच मैन इसका मतलब क्या निकला धनी व्यक्ति द रिच का मतलब क्या हो जाएगा जैसे द लगाया तो रिच मैन यानी कि धनी व्यक्ति समझ रहे हो ना जब हम किसी एबजेक्टिव के साथ आर्टिकल दी ए पुअर नहीं ए पुअर मैन होगा तब तो वहां पर मैन लगाना होगा लेकिन आर्टिकल लगाते हो आर्टिकल दब का जब का यूज करते हो तो अपने आप में वो प्रेजेंट करता है व्यक्ति को समझ रहे हो ना तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे समझ रहे हो ना कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कुछ एग्जांपल देखो ये भी कुछ एग्जाम्पल है देखना समझ में जा दे आ जाएगा एग्जाम्पल लग गए स्क्रीन पे जैसे इसे देख रहे द रिच सु एग्जाम्पल कह रहा है द रिच हेल्प दुअर क्या कह रहा है धनी को गरीब धनी व्यक्ति धनी व्यक्ति क्या कर धन व्यक्ति को क्या करना चाहिए धनी व्यक्ति को गरीब को मदद करना चाहिए जो धनी अमीर व्यक्ति क्या करना चाहिए, चाहिए? गरीब को मदद करना चाहिए मतलब ये निकल है रिच का मतलब क्या है? रिच मैन मैन रिच को है। धाने भ्यक्ति, धाने भ्यक्ति गरीब को को है। व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति गरीब मदद करना चाहिए। को गरीबों का को तो मतलब निकलता है। अब जैसे देख लो दूसरा सेंटेंस क्या है स्कूल फॉर द डीफ इन पर है अच्छा दूसरा सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूं पुअर इज दुअर इज द पुअर इज गुड ठीक है गरीब अच्छे होते हैं ठीक है द पुअर इज गुड तो यहाँ पे जो द poor है ना ये सिर्फ गरीबी को नहीं दर्शा रहा है गरीब लोग यानी कि पुअर मैन को दर्शा रहा है पुअर मैन को दर्शा यानी कि गरीब लोग क्या होते हैं अच्छे होते हैं the poor is honest the poor is honest गरीब क्या होते हैं ईमानदार होते हैं गरीब क्या होते हैं ईमानदार होते हैं ये पुअर मैन गरीब लोग ईमानदार अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पुअर मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर, कर रहा था रिच क्या रिच मैन को रिप्रेजेंट समझ में आया ना ये समझ में आ गया ना चलो इसके बाद एक और नेक्स्ट रूल है बहुत प्यारा सा क्या रूल है और इसको समझ लो फिर आप मजा आ जाएगा ये रूल भी बहुत अच्छा है कोई भी रूल में दिक्कत होना साथियों आप कमेंट कर देना ठीक है कमेंट करके पूछ सको करने के लिए कोई नहीं एक और नाउन है कह रहा है ना कि ऐसा फॉर्मेट हो नाउन हो ठीक है नाउन हो और ये ऑफ बीच में जुड़ा और फिर हो फिर नाउन हो कहता है कि ये एक नाउन हो गया एक ये तो जो इस ऑफ के पहले ऑफ के पहले जो नाउन होता है ना उसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करें के जो ये वाला नाउन होगा ना इसके साथ हम लोग द का यूज करेंगे जैसे जैसे एग्जांपल देख लो कुछ और एग्जाम्पल देख लो जैसे ही uh, ऑफ Key of India देखो ऑफ है ये भी नाउन है ये भी नाउन है लेकिन ऑफ के पहले जो नाउन है उसका ठीक पहले आर्टिकल दई यही तो रूल क्या रहा है यही तो रूल कह रहा है कि जो यहाँ पे ये जो ऑफ है ऑफ के बाद भी नाउन आता है ये तो हमको पता है लेकिन जब ऑफ के पहले जो नाउंड है तो उस नाउंड का ठीक पहले आर्टिकल दी तब ये रूल समझ मुझे बता दो जल्दी से रूल समझ में आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना है अगर पी चाहिए तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करना टेलीग्राम के लिए आपको सर्च करना होगा हो, टेलीग्राम पर जाकर जा वी आर एस ठीक है फिर स्टडी सर्च करोगे ठीक है ग्लोबली सर्च दिखाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना है वहाँ पर अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहते हैं वहीं पे आपको पी डी एफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर चाहते हैं बारीकी से सब कुछ सीखना तो आपको अप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा बाकी क्लासेस आपको रोज शाम पाँच बजे यूट्यूब पर मिलते हैं बस आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातम बढ़ते रहिएगा बढ़ते रहेगा थैंक यू